आज मैं आप लोगों को छोटी सी वीडियो में हकीम बतलाऊँगाम ने औरतों को पांच कौन सी नसीहतें करी हैं और वो कौन सी नसीहतें हैं जो हकीम लकमान ने बदलाई हैं हर औरत को ये हकीम लकमान की नसीहतें सुनना चाहिए पहली नसीहत करी कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे तो हमेशा सदका देती रहना सदक़ा निकालती रहना मतलब अगर ज़िंदगी अच्छी गुजारना चाहती हो आफत तो व मुसीबत से बचना चाहती हो तो सदका देती रहना इसी तरीके से दूसरी नसीहत करी कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी नेक औलाद हो तो खाविंद से रस्क हलाल का तकाज़ा करना रज़ हलाल बहुत ज़रूरी है इससे ही क्या हो हमारी नेक औलाद होगी क्योंकि जो जैसा हम खाएँगे फिर वैसे ही हमारी औलाद भी खाएगी अगर हम उल्टा सीधा खाना खाएंगे, हराम की चीज़ें खाएँगे तो फिर हम इससे क्या होगा हमारी औलाद पर भी असर पड़ेगा तो इसलिए नेक औलाद अगर मिलने की आर्जू है या चाहना है तो मैंने भाई खाविंद से रिस्क हलाल का तकाजा करना इसी तरीके से तीसरी नसीहत करी अगर तुम खाविंद के घर में खुश रहना चाहती हो तो गैरों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना इसी तरीके से चौथी नसीहत करी, तो करी कि अगर तुम चाहती हो कि खाविंद हमेशा मोहब्बत करे तो हमेशा क्या करना साफ़ सुथरी रहना इसी तरीके से नसीहत करी कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर सबसे आला हो सबसे आला हो तो मेरे भाई बच्चों की अच्छी तरबियत करना तभी आपका नाम निशान होगा